बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर सोल्व करने जा रहे हैं इसको हम बहुत ही आसान में और आसान तरीके से सरल करेंगे हम प, आ, इसका पार्ट बी सोल्व करने जा रहे हैं तो यूनिम देखिए निम्नलिखित अवकल समीकरण के दीवी प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाले विशिष्ट समकल की कीजिए डिवाई dx डीएक्स इजिकल टू वाई टेन एक्स और वाई बराबर एक यदि फॉर्मूला पता है कि x x x x dx का log x plus c, integration dx का का होता होता log log c c तथा tan sec अब दिया गया है डीवाई अपॉन डीएक्स बराबर वाई टेन एक्स और जब x बराबर जीरो तथा y बराबर एक ज्ञात ज्ञात करना y, y y y y का मान करेंगे। करेंगे। इसका सॉल्यूशन है है? कि dy dy dx dx, tan tan x, x x के के पद पद एक तरफ और के तरफ और दूसरी तो देखिए से ठीक अब इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका dy अपॉन वाई का इंटीग्रेशन तो हो गया log y और 10x का इंटीग्रेशन हो गया लोग sec x और इसको हम लिख देंगे सी ये भी एक है तो तो तो बराबर क्या हो हो हो जाएगा लोग mn, तो ये हो जाएगा जाएगा ये ये से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या वाई बराबर सी सेक्स जब एक्स बराबर जीरो वाई बराबर एक तो वाई बराबर तो एक रख दिया और ये ये इसका मान हो हो हो हो जाएगा जाएगा जाएगा तो तो तो बराबर बराबर बराबर बराबर गया गया जब रखेंगे आंसर आ हमारा फाइनल थैंक यू दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिख उसे दबा दीजिए